भाई आप गरोही लोग से है का कि थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए क्योंकि मैं ये देखिए हिम्मत करके और, और भी वी ला से ये गरोही क्योंकि क्योंकि भाई भाई आप सेंटर टू सेंटर वाला जो आता है ना वो वाला है ये और इसका ऊपर वाला पार्ट फिटिंग करने का वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दिन पहले कर दिया था मैंने फिर तो ये देखिए स्पॉट है ये तो ईजी है सब जानते हैं मगर फिर भी मैं वीडियो बना लेता हूँ कि आप लोग फिर भी देख लो कैसे होता है और सबसे पहला बात है उसका स्पेंडल जो है ना आगे में लगा चुके हैं जिसको एडजस्ट करके काट देना है बड़ा या छोटा जो भी है उसको देख लेना है पहले तो ये अलंकी से टाइट करने के बाद सबसे पहला बात है इसको आराम आराम से टाइट देने के बाद चेक कर लीजिएगा हाँ और उसके बाद देखिए इसका एलंकी भी बहुत माइनर होता है क्या बोले यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार लाइक कीजिए यार फॉलो कीजिए प्लीज़ यार बहुत परेशान हूँ